नमस्कार मित्रों मैं आचार्य के पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल देवदक्ष एस्ट्रोलॉजी में आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं राशिफल की जानकारी लेकर के 1 नवंबर 2022 से 8 नवंबर 2022 तक का राशिफल आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं आइए जानते हैं मेष राशि के जातकों का 1 नवंबर 2022 से 8 नवंबर 2022 तक कैसा समय रहेगा मेष राशि आपकी लग्न में राहु विराजमान है जिसके कारण कार्यों में अवरोध रहेगा का। कार्यो में रुकावट होगी व्यर्थ के विवाद खड़े होंगे आपके पास समस्याओं की भरवाड़ होगी ट्वेल्थ हाउस में बृहस्पति विराजमान है धनार्जन में समस्या होगी अधिक खर्चों से आप परेशान रह सकते हैं सप्तम भाव में सूर्य शुक्र बुध और केतु हैं। इन सब के बाद भी व्यापारिक स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और व्यापार से आप लाभ प्राप्त करेंगे। अगली राशि के बारे में जानते हैं वृष राशि आपकी राशि के स्वामी शुक्र छठे हाउस में स्वग्रही विराजमान है सूर्य के साथ नीच भंग कर रहे हैं यानी कि नीचभंग राजयोग बना रहे हैं तो नीचभंग राजयोग आपको तभी फल प्रदान करेगा जब आप प्रयास करेंगे सिक्स हाउस में है छठे भाव यानी कि पराक्रम का पराक्रम आपको अथक परिश्रम करना पड़ेगा और परिश्रम के बाद आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त तो होगी और नाइन्थ हाउस में नवे भाव में आपके शनि और चंद्रमा का गोचर विराजमान है सप्ताह के प्रारंभ में जिस कारण सप्ताह के प्रारंभ में आपको थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा सप्ताह के मध्य में चीजें आपकी सुचारू रूप से चलने लगेंगी व्यापारिक गतिविधियां भी अच्छी हो जाएंगी धन से संबंधित समस्याएं भी दूर होने लगेंगी किंतु तो आपके द्वादश भाव में राहु विराजमान है जिस कारण तनाव आपको बना रहेगा अगली राशि के बारे में जानते हैं मिथुन राशि आपके लग्न में मंगल विराजमान है जिस कारण से क्रोध के आवेश में आकर के आप कोई भी निर्णय लेने से बचें आप क्रोध के आवेश में आकर यदि कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें निश्चित रूप से आपका नुकसान संभव है लगने स्वने से पंचम भाव में है अतः आपको यह भी ध्यान देना है कि आपकी सोची हुई बात और आपकी कही हुई बात ही सही नहीं हो सकती कई बार हमें दूसरों का भी अनुसरण करना पड़ता है लग्नेश पंचम भाव में है जिस कारण आपको यह समस्या प्राप्त तो हो कि आपकी जीत आपके लिए नुकसानदायक होगी विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही कठिनाई भरा रहेगा आपके आठवें भाव में शनि विराजमान है चंद्रमा के साथ सर्दी खांसी इत्यादि की समस्या आपको सप्ताह के प्रारंभ में हो सकती है अगली राशि के बारे में जानते हैं कर्क राशि कर्क राशि के चतुर्थ भाव में शुक्र सूर्य बुद्ध विराजमान है जिस कारण से आपके घर में कोई नया वाहन या नया व्यापार प्रारंभ होगा नई प्रॉपर्टी का लेनदेन कर सकते हैं भाग्य भाव में स्वग्रही बृहस्पति विराजमान है यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपका प्रमोशन संभव है प्रमोशन की स्थितियां बन रही हैं दशम भाव में राहु विराजमान है जिस कारण से आपके कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा बहुत कष्ट प्राप्त होगा अगली राशि के बारे में जानते हैं सिंह राशि सिंह राशि के जातकों का यह समय कैसा व्यतीत होने वाला है लग्नेश तृतीय हाउस में विराजमान है नीच राशि में है किंतु उनका नीच भंग हो रहा है मित्रों सहयोगियों से लाभ प्राप्त होगा तथा छठे हाउस में शनि चंद्रमा विराजमान है तो मुकदमे राजकीय कार्यों में आपको जीत प्राप्त होगी अष्टम हाउस में बृहस्पति विराजमान है पेट से संबंधित समस्या आपको प्राप्त तो हो सकती है आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है आपके नवम भाव में राहु विराजमान है जिस कारण से आपके कार्य क्षेत्र नौकरी या व्यवसाय जो भी आप करते हो समय आपके अनुकूल आपको प्राप्त तो नहीं होगा अगली राशि के बारे में जानते हैं कन्या राशि कन्या राशि के जातकों का यह समय कैसा व्यतीत होने वाला है लग्नेश विधिभाव में विराजमान है मित्र के साथ विराजमान है यानी धन संचय करने का समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है यदि आप किसी नई प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं या कहीं पर निवेश करने का विचार बना रहे हैं बहुत समय से तो आपके लिए यह समय उपयुक्त है और आपके पंचम भाव में स्वग्रही शनि विराजमान है जो कि वक्री से मार्गी हो गए हैं संतान पक्ष की ओर से आपको शुभ समाचार प्राप्त तो होगा संतान को प्रमोशन संतान का नया व्यापार प्रारंभ हो सकता है उनको प्रमोशन मिल सकता है यदि अभी स्टूडेंट है बच्चे आपके पढ़ रहे हैं तो उनको उनकी तरफ से आपको अच्छे समाचार प्राप्त तो होंगे अगली राशि के बारे में जानते हैं तुला राशि तुला राशि में शुक्र स्वराशि के स्वग्रही विराजमान है तथा तो सूर्य के साथ विराजमान है एवं द्वादश भाव के स्वामी बुद्ध भी विराजमान है द्वादश के साथ वह नवम के भी स्वामी है और शुक्र लग्न के साथ साथ अष्टम के भी स्वामी है यदि आप रिसर्च से जुड़े हुए व्यक्ति हैं सिविल सर्विस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं आप पेट्रोलियम डीजल इत्यादि का व्यापार करते हैं तेल से संबंधित जमीन के अंदर की वस्तुओं का व्यापार करते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद ही शुभ फलदायी होगा इस समय आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा क्योंकि अष्टमेश भी लग्न में है और एकादशेश भी लग्न में है जिस कारण आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी अगली राशि के बारे में जानते हैं वृश्चिक राशि अंतरिक्ष के आठवीं राशि इस राशि का समय कैसा रहने वाला है लग्नेश अष्टम भाव में विराजमान है जिस कारण से परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है द्वादश भाव में स्वग्रही शुक्र के साथ सूर्य बुद्ध के आर्थिक स्थिति से यह समय आपके लिए शुभ फलदाई नहीं है आर्थिक स्थिति आपकी बिगड़ सकती है धन से संबंधित समस्याएं आपको घेर सकती हैं किंतु मित्रों और सहयोगियों का सहयोग आपको प्राप्त तो होगा तथा तो पंचम भाव में आपके बृहस्पति विराजमान है जिस कारण से नौकरी यदि आप कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा और साथ ही साथ स्थितियां भी आपके फेवर में नहीं दिख रही। यदि राजकीय कोई कार्य आपका चल रहा है मुकदमा इत्यादि चल रहा है न्यायालय से संबंधित कोई कार्य चल रहा है तो यह समय आपके लिए विपरीत परिणाम लेकर आ सकता है अगली राशि के बारे में जानते हैं धन राशि। धन राशि की जातकों का यह समय कैसा व्यतीत होने वाला है आपके द्वितीय भाव में स्वग्रही शनि विराजमान है चंद्रमा के साथ सप्ताह के प्रारंभ में और सप्ताह के मध्य में चंद्रमा चले जाएंगे आपके तृतीय भाव में जो कि चंद्रमा अपने से अष्टम पहुंच जाएंगे अभी आपका स्वास्थ्य सप्ताह के प्रारंभ में स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है धनार्जन के लिए समय आपके लिए उपयुक्त समय है निवेश के लिए समय आपके लिए बेहतर है साथ ही साथ चतुर्थ भाव में बृहस्पति विराजमान है वाहन अथवा प्रॉपर्टी लेने के लिए उत्पन्न रहे आपके पंचम भाव में राहु विराजमान है संतान के स्वास्थ्य से आप परेशान हो सकते हैं संतान का स्वास्थ्य प्रभावित होगा जिसके कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अगली राशि के बारे में जानते हैं मकर राशि मकर राशि के जातकों का यह समय कैसा व्यतीत होने वाला है? लगने स्वग्रही लग्न में विराजमान है यानी कि आप अपने परिश्रम के बल पर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं अपने परिश्रम के बल पर ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं चतुर्थ भाव में राहु विराजमान है माता का स्वास्थ्य आपके प्रभावित हो सकता है तृतीय भाव में गुरु विराजमान है मित्रों सहयोगियों से नुकसान की संभावना है और दशम भाव में शुक्र सूर्य बुद्ध केत विराजमान है इसके कारण आर्थिक और व्यापारिक स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी किंतु धन से संबंधित लेन देन में बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है अन्यथा आप नुकसान कर बैठेंगे अगली राशि के बारे में जानते हैं कुंभ राशि कुंभ राशि के स्वामी अपनी राशि से द्वादश भाव में स्थित है यानी आवश्यक आवश्यकता से अधिक खर्च आपको परेशानी में डाल सकता है द्वितीय भाव में बृहस्पति विराजमान है आपके जो धन का कोष है वो भी धीरे धीरे खाली हो रहा है और तृतीय भाव में राहु विराजमान है मित्रों सहयोगियों से भी आपको नुकसान की संभावना प्राप्त हो रही है किंतु आपके पंचम भाव में मंगल विराजमान है और पंचम भाव में मंगल विराजमान है जो कि दशम भाव के स्वामी जिस कारण से मंगल का पंचम भाव में विराजमान होना आपके लिए विशेष शुभ फलदायी है यह आपकी व्यवस्थाओं को मेंटेन रखने का कार्य करेंगे व्यवस्थित रखने का कार्य करेंगे आपको नौकरी या व्यापार से जुड़ी हुई यात्राएं कराएंगे किंतु उन यात्राओं का लाभ आपको अभी प्राप्त तो नहीं होगा कुछ समय के बाद उन यात्राओं का लाभ आपको प्राप्त हो होगा अगली राशि के बारे में जानते हैं मीन राशि मीन राशि जातकों का यह समय कैसा रहने वाला है आपके राशि में स्वग्रही बृहस्पति विराजमान है द्वितीय भाव में राहु विराजमान है जिस कारण से आपकी जो सेविंग्स है जो एकत्रित धन है संचय किया हुआ धन है वह खर्च होगा और आपके अष्टम भाव में केतु के साथ सूर्य है साथ ही बुध और शुक्र भी हैं। स्वास्थ्य भी प्रभावित तो होगा आपका चतुर्थ भाव में मंगल है जो आपकी व्यापार को कुछ हद तक संतोषजनक स्थिति प्रदान करेंगे यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार कर रहे हैं तब तो आपके लिए समय उचित है अन्यथा यह समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं प्राप्त तो हो रहा है आज के लिए बस इतना ही नमस्कार